जरा देर ठहरा राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं देखा नहीं हैं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं आंखों के तारे आंखों के तारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे कभी ये जाको भुला के देखा नहीं ja